नमस्कार स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दिनांक 13 सितंबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर आया इस पर हम प्रकाश डालेंगे और आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी दृष्टि डालेंगे और दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा वार्षिक राशिफल पड़ गया है मे से लेकर के मीन तक का तो जो कोई भी अभी तक नहीं आप लोग देख पाए हैं आप लोग हमारे चैनल पर जाइए उसकी प्ले में जाइए और वहाँ पर जाकर के वार्षिक राशिफल आप लोग देख सकते हैं दर्शकों क्या कुछ कहता है आज का दिन पंचांग क्या कहते हैं इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए आज सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर चौवन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर दस मिनट पर विक्रम संबत्त दो हजार छिहत्तर सख संबत उन्नीस दर्शकों जो तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की जो तिथि है चतुर्दशी सुबह सात मिनट तक की रहेगी इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि लग जाएगी हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि चाहे पूर्णिमा हो गई अमावस्या हो गई इन तिथियों में क्या नहीं करना चाहिए तो आप लोग देखिए कांसे के पात्र में सेवन किसी चीज़ का मत करिएगा किसी भी भोजन का ग्रहण कांसे के पात्र में पूर्णिमा के दिन हो गया या अमावस्या के दिन हो गया नहीं करना चाहिए लाल रंग के जितने भी साग बनते हैं ये आप लोगों को नहीं खाना है किसी भी प्रकार के जो है शारीरिक संबंध जो है बनाने से आप लोगों को बचना रहेगा क्योंकि पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है शून्योग तो, नक्षत्र रहेगा, रहेगा।, रहेगा शतभिषा राहु का नक्षत्र इसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा करण रहेगा वणिज इसके उपरांत वृष्टि और अंत में जो करण रहेगा ये वप करण रहेगा दर्शकों जो चंद्रदेव चलायमान रहेंगे चंद्र राशि जो रहेगी ये कुंभ राशि रहेगी चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान है दिशा की बात करते हैं क्योंकि शुक्रवार दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है यात्राओं से बचना रहेगा और यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो मक्खन मिश्री अथवा दही का सेवन करके तब आप लोग यात्रा करिए और पहले पूर्व में आप चार पद चलिए उसके उपरांत पश्चिम दिशा की ओर आप प्रस्थान करिए यात्रा करिए दर्शकों राहु काल पे आ जाते हैं तो आज का जो राहु काल रहेगा शुक्रवार का ये दस बजकर तीस मिनट से बारह बजकर दो मिनट तक का राहु काल रहेगा और शुभ कार्यों को यदि करना है एक चीज और बताना चाहेंगे पूरे दिन आज पंचक भी रहेगा शुभ कार्यों को यदि आपको करना होगा तो दोपहर दो, दो बजकर पांच मिनट से लेकर के और दो बजकर तक विजय मुहूर्त रहेगा इसमें यदि आप कोई काम करते हैं तो आपके कार्यो की सिद्धि होगी तो ये दर्शकों था शुभ मुहूर्त और अब चलते हैं हम अपने राशिफल पर कि आज का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया है और इसी कड़ी में हमारी पहली राशि आती है मेष राशि लेकिन दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो है चौदह और पंद्रह तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है इच्छुक दर्शक जो कोई भी मिलना चाहते हैं क्योंकि चौदह के दोपहर बारह बजे के बाद और पंद्रह की बारह बजे तक हम अवेलेबल रहेंगे चौबीस घंटे के लिए तो जो कोई भी मिलना चाहते हैं वैसे भी 10 लोगों जो है 10-12 लोगों की अपॉइंटमेंट हो चुकी है लेकिन फिर भी एक आध लोगों से और मिल सकते हैं तो जो कोई भी हमसे अभी मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जो है पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको एड्रेस भेज दिया जाएगा प्रोसेस बता दिया जाएगा तो मेष राशि के जातकों आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव उम्मीद जो है होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज मेष राशि के जातकों के कारोबार में वृद्धि हो सकती है जीवनसाथी के साथ आज, आज आप कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे इससे आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात होती हुई नजर आ रही है आज आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखिएगा ऑफिस में कार्यक्षेत्र में आज उच्चाधिकारी आपकी मदद करेंगे जो कोई गलतियाँ होगी उसको इग्नोर करते हुए नजर आएंगे सेहत के मामले में थोड़ा सा समय आपका खराब है तो अपने सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि आज प्रातः काल कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए इस स्त्रोत के पाठ से आपको आज धन लाभ होगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा तीन शुभ रहे रहे दिशा रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातकों आज आपके सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने से आज आपको बचना चाहिए आज आपके लिए बहुत सी चीजें फायदेमंद सिद्ध होंगे वृषभ राशि के हैं तो विवाहितों के लिए बढ़िया दिन रहेगा जीवन साथी से आज आपको फुल और पूरा सपोर्ट मिलेगा कोई नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है मेडिकल की तैयारी जो कोई कर रहा है उनके लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा कम परिश्रम में अधिक सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे आज आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स प्राप्त होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज छोटी कन्याओं को आपको ट्रॉफी देना रहेगा और सुगंधित वस्तुओं का दान धर्म स्थान पर आज आप लोग करिए आपके सभी कार्य बनेंगे शुभ कलर आपके लिए भी रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा अगली राशि आती आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातको आज आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के तमाम अच्छे मौके आएंगे लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे ये भी एक फैक्ट है आज भाग्य आपके जो है दरवाजे पर दस्तक देगी लेकिन आप पता नहीं किस दुनिया में खोए रहेंगे तो जो स्वप्न में आप खोए हुए हैं उनसे बाहर निकलिए और कोई कड़े फैसले लीजिए डिसीजन लीजिए कहा क्या चुप साथ रहो बलवाना आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन पता नहीं आप कहाँ पर अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं घर के किसी काम को लेकर के कोई बहुत बड़ा आज आप फैसला ले सकते हैं संतान की ओर से कुछ गुड न्यूज़ कुछ खबरी आपको मिल सकती है पारिवारिक जीवन में आपके सुख शांति रहेगी आज आप बड़ा आलस्य से जो है ओ, ओ, ओ, जो है वो स्रोत रहेंगे आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा यात्राओं का योग है दूसरे शहर में आज बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है और बिजनेस के संबंध में कोई आज आपको नई अचीवमेंट हासिल होती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का पाठ करिए और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि कैंसर तो क्या कुछ कैसा कर्क राशि के जात को और 14-15 को दिल्ली वाले जो हैं तैयार हैं टिकट वगैरह हो चुकी होटल बुक हो चुका है तो आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं कर्क राशि के जात आज किसी खास काम के लिए आपके मन में कोई ना कोई नया विचार आएगा उस पर आज बहुत जल्द अपना जो है आज आप कोई प्लानिंग कह सकते हैं इसको कि इंप्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे काम की जो है पहले से थोड़ा सा आप होमवर्क करके जाइएगा अन्यथा बीच में आज आपको कहीं लज्जित होना पड़ सकता है आज आप जो प्रेजेंटेशन देंगे उससे आपके उच्चाधिकारी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे खुद को तनाव मुक्त रखिएगा शाम का समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा कोई नई प्रॉपर्टी के लिए आज कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है दुर्गा चालीसा का आज आपको पाठ करना रहेगा जिससे आपके सभी दुख दूर होंगे और कोशिश कीजिएगा की कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले मिश्री का सेवन करके जरूर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा सिंह राशि के बारे में सितारे क्या कहते हैं तो सिंह राशि के जात को आज आपके वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना जो है बेहतर रहेगा काम में जीवनसाथी की सलाह आपके फ़ायदेमंद हो सकती है बिजनेस में कई नई योजनाओं को आज आप लागू करते हुए नज़र आ रहे हैं उच्चाधिकारी आज आपको जो है अच्छा सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे आज अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ आपको बहस करने से बचना होगा क्योंकि यदि आप बहस करेंगे तो स्थितियाँ बड़ी जो है प्रतिकूल हो जाएंगे अधिकारियों से आपके संबंध लेकिन बेहतर रहेंगे आज कोई पुराना दोस्त आपकी मदद करेगा माता पिता का चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए और प्रातःकाल शिवलिंग पर आज समयपत्र चढ़ाने के उपरांत दूध से जरूर अभिषेक करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी पश्चिम दिशा हमारी जो अगली राशि आती है सिंह के बाद ये आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों आज आप अपने कामकाज के मामले में जो है पहले से बेहतर रहेंगे खुद को आज आप सेहतमंद महसूस करेंगे आज जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्राएं कर सकते हैं इससे आपके संबंधों की मजबूती आएगी आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी माता पिता आपकी मेहनत से बड़े पुष्न रहेंगे आज आपको सभी काम में उनका सपोर्ट मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में आज आपको बेहतर परिणाम हासिल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आपकी मेहनत सफल रहेगी कोशिश कीजिएगा कि शिवलिंग पर आज आप जल और दूध दोनों से अभिषेक कीजिएगा और थोड़ा सा उसमें शहद जरूर डाल दीजिएगा दूध में और जल में तब अभिषेक करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा लिब्रा तुला राशि क्या कुछ कहता है तो तुला राशि के जातकों आज बिजनेस के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है कुल मिलाकर के ये यात्राएं आपके लिए सफल सिद्ध रहेंगी आय के कुछ एक्स्ट्रा सोर्स मिलेंगे आज किसी से बात करते समय आपको अपने वाड़ी पर थोड़ी सी नम्रता लानी होगी और आज आप यदि बिल्डर हैं तो बहुत ही सोच समझ करके निवेश करिएगा किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना नुकसान और फायदा जरूर देख लीजिएगा अन्यथा आप बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं किसी सहकर्मी को कोई धन उधार मत दीजिएगा सेहत के मामले में थोड़ा थकान भरा दिन रहने वाला है आज में आपके खिंचावट होती हुई नजर आ रही है और जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव आप लोग जरूर कीजिए कोशिश कीजिए कि मस्तक पर आज चंदन का आप लोग तिलक जरूर लगाइए और आज की सूक्त का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खड़े उतरने में कामयाब होंगे किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिल सकती है खास करके मीडिया जगत के जो बंधु हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बेहतर रहेगा ऑफिस में आज आपके कार्य को लेकर के या सरकारी क्षेत्र में है तो आपके जो अधिकारी वर्ग हैं ये आपसे खासा प्रसन्न रहेंगे आज कोई नया प्रेम संबंध भी आपका स्थापित हो सकता है आज जीवन झाति के साथ आप तो रात में कहीं बाहर जा सकते हैं यात्राओं का योग बन रहा है क्योंकि तो फ्राइडे दिन रहेगा तो शाम के बाद हो सकता है या आप लोग वीकेंड मनाने कहीं लंबी दूरी पर जाएँ कोशिश कीजिएगा कि मछलियों को आटे की गोली बना करके यदि खिलाते हैं तो ठीक रहेगा और चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा जरूर डाला करिए तो के दिन शुभ शुभ आपके आपके लिए रहेगा रहेगा पिंक अंक रहे रहे तो जात को आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिलेगा आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रॉन्ग रहेगी बच्चे आप को जो है क्या कहते हैं कोई खुशखबरी दे सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आज धनु राशि के जातकों को काम कामयाबी हासिल होती हुई नजर आएगी लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे कैरियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे नए लोगों से आज आपकी मुलाकात लाभदायक रहेगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गाय को आपको रोटी में थोड़ी सी घी लगा लेनी है और फिर खिलानी है इससे आपको धन लाभ होगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा चार शुभ दिशा रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा पैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि क्या कुछ आज नया होने वाला है तो आज आपको दूसरों से अपनी पर्सनल बातें शेयर करने से बचना चाहिए अपनी राज की बातें गुप्त रखिएगा आपके अन्यथा जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं किस्मत के साथ मिलने में थोड़ी सी परेशानी होगी आप किसी सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं खर्च आज आपका अधिक होगा खास करके आज आप धार्मिक कार्यों में खर्च करते हुए नजर आएंगे जीवन साथी के साथ आपके जो है रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आती हुई दिखाई दे रही है यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं बिजनेस करते हैं जॉब में हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है आज पढ़ाई के प्रति आप लोगों की रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही आर्थिक रूप से आज का दिन अच्छा रहने वाला है लेकिन आज आपको किसी को धन उधार नहीं देना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी महिला को आज आप सुहाग की सामग्री भेंट कर सकते हैं या सुगंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा कुंभ राशि के जातकों किस्मत का साथ आज, आज आपको प्राप्त होगा साथ ही कारोबार में आज, आज आपको धन लाभ होगा आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी आज किसी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपको काफ़ी फायदा दिलाए आज आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे रिश्तेदार आज आपसे प्रसन्न रहेंगे आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है लाभ के अवसर आज, आज आपको प्राप्त होंगे जीवन साथी आज, आज आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि की माता और पिता के चरण स्पर्श करिए और कनक धरा स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन लेकिन दर्शकों प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और दर्शकों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बना जो बेल आइकन है इसको आप लोग ज़रूर दबाइए तो मीन राशि के जातकों आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे किसी अधूरे काम में आज हाथ लगाने से आज वो जल्दी पूरा होगा ऑफिस में कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है हो सकता है प्रमोशंस वगैरह आपको हो जाए इंक्रीमेंट वगैरह आपको सैलरी में मिल सकती है मीन राशि के यदि आप जो है छात्र हैं तो योजना बना करके तैयारी करिए कैरियर में अच्छे रास्ते आपके उन्नति के दिख रहे हैं व्यापार में कोई नया आप अनुबंध करते हुए नजर आएंगे परिवार वालों के साथ आज रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी आज कोशिश कीजिएगा कि यात्राओं को टालिएगा अन्यथा चोट इत्यादि लगने का भय भी है आज ब्लैक कलर को भी आपको एवाइट करना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आपको श्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त का संयुक्त तो रूप से पाठ करना होगा और लक्ष्मी जी को आज मिश्री का आप लोग भोग लगाइए आपके जीवन में खुशी आएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी नॉर्थ ईस्ट दिशा तो दर्शकों ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल तेरह तारीख का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए आप लोग हमारे इस वीडियो को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर जमकर शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक की इस राशिफल को आप लोग पहुंचाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में और हां भविष्यवाड़िया देखते रहे दिल्ली चुनाव की हरियाणा चुनाव की वार्षिक राशिफल सभी चीज़ें हमारे इस चैनल पर पड़ी हैं बस शर्त है आपको देखने की दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार